चच्चा जी इस्तीफा दिले मचल घमासान बा चच्चा जी इस्तीफा दिले मचल घमासान बा गठबंधन के गांध खुलत ऐसा ऐलान बा काबा बिहार में काबा जनता के मुद्दा से नही केहू परेशान बा जनता के मुद्दा से नही केहू परेशान बा बान कुर्सी रहे सुरक्षित यही पे सबके ध्यान भतीजा भतीजाके पटीदारी के बात बा चा भतीजा हुई है पटीदारी के बात बा हाथ के पंजा धीरे से कहे साथ हमारे बिहार में दूल्हा का साथ मिलल बा दूल्हा अब ते यारनल भतीजा सहबल्ला अरे बनल भतीजवा सहबल्ला मौरी पार बिहार में भतीजा जा राजी में मजा फूक